बाबा, बाप कहे क्या नहीं रे तेरे बाप की है और तेरा बाप मैं हूँ कौन है भैया हाथी का शिकार करने वाला रौी